वेलकम टू के यूट्यूबी पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके साथ के साथ उसे गैस के लिए रेड कलर का बटन शो कर रहा है ना अगर नए हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर नए हो तो नीचे लाल बटन को प्रेस करें सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें थर्ड मैच देखते हैं क्या होता है इस मैच में ये ड्राइविंग सेट मैं पकड़ने वाला हूँ और सीट भाई ने पकड़ ली मिस्टर सबरीश ने पकड़ लिया ये ड्राइविंग सेट बीच में आने के कारण पगन गेमिंग के चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक भी जरूर करें हो सके तो साथ के साथ शेयर भी करें थडिल चलो वृशिल चलो ठाड़ील। अरे थे बताने दो राशिद भाई ठहरे लता रहा हूँ बहुत बढ़िया यार पूरे घर में कुछ भी नहीं मिला यार घर तो ही खाली ले भाई चलो यो मिली यारो no प्रॉब्लम कोई हथियार तो आया हाथ में पीपी मिली बहुत बढ़िया एम फोर भी मिल गई सोने पे का हो गया मिल गई बोट लेडो बेस बोट को फिनिश इस घर में बड़ा रेड डॉट यहाँ से ठीक कर लो अरे भाई घर लूट डाला अरे बोट है बोट बंदे नहीं आए यारंगल उठा ले थे कोई भी बंदा नहीं आया यार यहाँ पे बोट ही बोट आ रहा निकलो यार यहाँ से भाई सब ये वाले वाले को मारेंगे। M4 और वाले को मारेंगे और मारना है कुछ भी हो जाए बहुत गंदे वाले शोट देंगे इनको सालों को सामने एक बार आगे तो पे लेंगे इसके रख के मैं मिला यार मैं को चाहिए तो ले लेना अभी थोड़ी सी लोड कर लेते हैं एमओ कम है मेरे पास के ओनली यहाँ पे कभी तो इतनी एमओ एमओ मिल जाती है फाइव के कभी मिलती ही नहीं है बिल्कुल भी एमओ नहीं मिली टू एक्स मिला गए थे सिक्स एक्स उधर निकालना यार चलो यार निकलो यहां से बहुत हो गया और चेक कर ले तो शायद मिल जाए एक केम पड़ी है ले लेना मेरे से थॉमसन भी पड़ी है चलो यार निकलो उठा ही नहीं अभी तक किसी ने वो रहा सॉरी डीपी चलो निकलो यार मैं जा रहा हूँ नदी पार कर रहा हूँ नदी पार कर लो आज आगे बंदे बंदे होंगे आ जाओ यार यहाँ पे बंदे होंगे यार देखते हैं आने दो, आने दो दो अगर गाड़ी आ गई तो मिल रही है सिक्स एक्स मिला किसी को चाहिए वो तो ले लेना मिल गए, मिल गए, भी पड़ी बोट मार रहे हो बोल रहे हो गाड़ी आ गई यार हथ है यार ये खड़ा सामने बोट है लो हो गया नोक फिनिश हो गया पानी पार कर रहा बोट चलो यार साला बोट ही मारेंगे क्या तीन बोट आ गए सामने वाले घर में बंद दिया, है ध्यान रखना एक जोन सेंट्रल रोड की तरफ गया है लाल वाले घर में एक बंदा नोक पड़ा है दे रहा होगा ध्यान रखो मैं सेंट्रल रोड वाले को देखता हूँ कूद गया वो कूद गया कूद कूद गया कूदा कूदा कूदा कूदा कूदा कूदा कूदा कूदा कूदा बड़ी साल एक ऊपर पड़ा था नोक वो किधर है नेड़ाया, नेड़ाया, नेड़ाया। हेल्थ पड़ी है या पेटी में पासियों के, पास। के पास पेटी में हेल्थ पड़ी है मान ले रखा लोटा और जल्दी निकला यहां से दो बंदे मारे गए मारे है पेटी में भी राशि जाएगी पेटी में बोट आया एक और सामने साले बोट मिलेंगे क्या आज गाड़ी लेके आओ गाड़ी पीछे से गाड़ी लेके आओ तो का सामान उठा देता हूँ थोड़ा एमओ गिरा के नाइन की लिओ लिया गाड़ी लिओ सीधा सर्कल में ले चलो आठ ही बंदे बचे हैं दो है, दो बचा के गाइश पेटियन गेमिंग के चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक करना भी ना भूले आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हो देखा कितना गंदा लैक हो रहा है गाड़ी जा रही थी और तुम बग्गी में बैठे हुए दिखाए मेरे को गाइस सब चैनल अगर नए अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले ओ भाई साहब क्या हो रहा हो क्या रहा है आज ना गंदा नर चल रहा है सामने वाली बिल्डिंग में बंदे एक बंदा जा रहा है हो गया निकलो कोई गोली मत चलाना निकल के आगे चलो रस करेंगे रस लगा लेट के मारूंगा ये ग्लेशियर वाले को फिलेंगे साले को ये बहुत नाम आ रहा है इसका देख के आफ्ताब भाई सामने बंदे हैं सारे बंदे दरी हैं क्या हो रहा है नेड़ मारो नेड़ मारो नेड़ मारो आगे बढो कवर देता टप्पा देके अंदर जाना चाहिए अंदर मारो सालों अरे मेरा नेड चिकन नहीं हो गया एक्सेलेंट बहुत बढ़िया गर्स गेमिंग के चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और साथ के साथ शेयर कर दिया करो यार एक्सलेंट चिकन डिनर अबे ड्रॉप अंदर पड़ा है अबे तेरी साला कौन लिया इसको यहाँ पे ड्रॉप को ये देखो ड्रॉप के गिरा अरे सामान उठा रहा है गैस गेमिंग के चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा और ज्यादा हो सके साथ के साथ शेयर भी करें गुड नाइट अल्लाह हाफि सब बखे